अभिषेक ऑनलाइन सर्विस पॉइंट में आपका स्वागत है तो मैं अभिषेक कुमार तो दोस्तों आज का वीडियो है कि फ़ोन से ई श्रम कार्ड कैसे डाउनलोड करें अपने फ़ोन से तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही इस पे बना रहे हैं तो चलिए दोस्तों हम आपको वीडियो दी स्टार्ट करते हैं ई श्रम कार्ड डाउनलोड कैसे करें तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगी कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैलाइकन बटन को प्रेस कर दें तो ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके तो दोस्तों चलिए इस श्रम कार्ड को वेबसाइट पे आ चुके हैं गूगल या क्रोम पे किसी पे जाके आप इस श्रम कार्ड गोविन सर्च मार के ला सकते हैं तो दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे अपना जिस नंबर से मोबाइल नंबर आधार नंबर से मोबाइल नंबर जुटा होगा यहाँ पर डालना है और यहाँ पर कैप्चा डाल देना है और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर ओ कर दें तो दोस्तों चलिए हम पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं आधार नंबर से जुड़ा हुआ है यहाँ पर कैप्चा डाल देते हैं देख सकते हैं कि दोस्तों हमने कैप्चा डाल दिया है नंबर डाल दिया है आधार नंबर से जो जुड़ा हुआ है नंबर उस पर तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हरा कलर का भर चुका है बत्ती यहां पर ओ टी सेंड कर देते हैं तो चलिए दोस्तों हम ओ टी सेंड कर दिए हैं ओ भी कुछ देर में आ जाएगा तो हाँ तो चलिए दोस्तों ओ आ चुका है हम डाल देते हैं देख सकते हैं कि दोस्तों हमने ओ डाल चुका है डाल डाल दिए हैं यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर सेकेंड भी दिखा रहा दिख रहा है तो दोस्तों थोड़ा फ़ोन भी चाह रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिख दिख रहा है सेकंड भी चालू हो चुका है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबमिट कर देते हैं ऑके okay. सबमिट करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर बोल रहा है तो आधार नंबर डालने के बाद हम आपको फिर से वीडियो रोक देते हैं तो देख सकते हैं कि दोस्तों हमने डाल चुके हैं यहाँ पर सब कुछ अपना आधार नंबर भी डाल दिए हैं यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आके सबमिट कर देते हैं तो दोस्तों चलिए हम सबमिट कर दिए हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों मेरा आधार नंबर ई श्रम कार्ड बन चुका है आधार नंबर से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ था इसीलिए सब कुछ सक्सेस हो गया है तो दोस्तों चलिए हमने बना बना दिए हैं तो देख देख सकते हैं कि अपडेट भी कर सकते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों पहले हम डाउनलोड पे चलते हैं तो देख सकते हैं कि दोस्तों मेरा सारा डिटेल्स आ चुका है, है यहाँ पर देखिए मेरा बना हुआ है तो डिटेल आ गया है तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं डाउनलोड पे देख सकते हैं कि इस पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है यहाँ से भी तो दोस्तों देख सकते हैं कि डाउनलोड पे चलते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों देख सकते देख सकते हैं कि आ चुका है तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे किसी भी फोल्डर में अपना डाटा सेव कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम अपना नाम सेव कर लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम अपना सेव कर देते हैं तो चलिए दोस्तों अपना नाम से सेव कर देते हैं लीजिए अभिषेक डाल देते हैं मेरा ही यहाँ पर सेव का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों इस पे तो सेव हो जाएगा ऑलरेडी दोस्तों देख सकते हैं कि सेव हो चुका है ऑलरेडी तो चलिए दोस्तों हम दिखा देते हैं आपको सेव हुआ है नहीं डाउनलोड सही हुआ है या नहीं हुआ है तो चलिए दोस्तों हम आपको अपना पी दिखा देते हैं ईश्रम कार्ड का तो दोस्तों मेरा पी सेव हो चुका है तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा आज ई कार्ड डाउनलोड करने का टिप्स बताएँ तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें तो दोस्तों नए इस नए वीडियो आप तक पहुंच सके लेटेस्ट वीडियो तो दोस्तों शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए दोस्तों थैंक यू ऑल द बेस्ट अभी ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है